लोगों के वेतन बढ़ाने पर सरकार गंभीर नहीं है वहीं मध्य प्रदेश सरकार ने अब विधायकों का वेतन चालीस हजार रूपए से बढ़ा दिया है अब विधायकों को हर महीने 1 लाख दस हजार की जगह 1 लाख पचास हजार रुपए वेतन मिलेगा देश भले ही मंदी में जा रहा हो जनता भले ही बिजली पानी और रोजगार जैसी समस्याओं से निरंतर जूझ रही हो लेकिन जनता के सेवा कहे जाने वाले माननीयों के वेतन में निरंतर वृद्धि हो रही है अमृत काल देश के लिए चल रहा हो या नहीं चल रहा हो लेकिन नेताओं का पिछले कई दशकों से अमृत काल चल रहा है इनका वेतन दो रुपए से बढ़कर पचास सालों में एक लाख पचास हजार हो गया है मध्य प्रदेश में कई बड़े आंदोलन शिक्षा रोजगार और वेतन वृद्धि को लेकर हो रहे हैं लेकिन प्रदेश की शिवराज सरकार इन मुद्दों पर ध्यान नहीं देने की बजाय नेताओं की वेतन बढ़ोतरी में अपना समय दे रही है अब सरकार ने माननीय विधायकों का वेतन एक लाख दस हजार से बढ़ाकर कर एक लाख पचास हजार कर दिया है वैसे यदि कोई नौकरी करता है तो किसी का वेतन कभी भी चालीस हजार तो नहीं बढ़ता एक आम व्यक्ति को मेहनत करते, करते करते कई साल लग जाते हैं फिर भी उसकी ना पदोन्नति होती है और न ही इतनी वेतन बढ़ोतरी वो खबरें जो आपके काम की है